जीवन में आपके साथ कोई हो ना हो पर एक सुख दुख है जो हमेशा आपके साथ रहती है ऐसे में ये सोचना कि मेरा दुख तो सबसे बड़ा है ये सोचना ना सिर्फ हर वक्त खुद को दुख देने और रोने का एक कारण है बल्कि खुद को सबसे गैर गुजरा मानने की गलती भी है जो कि गलत है आइए सुनते हैं प्रेरणा से भरी एक ऐसी ही कहानी को जिसका नाम है आज कमज़ोर है तो क्या फल उत्तीरा तो ही है कहानी है मटरू की मटरू जिसका बहुत बड़ा सपना तो नहीं था लेकिन हाँ एक कंपनी में मैनेजर बनने का सपना ज़रूर था जिसके लिए वो पढ़ाई करता मेहनत करता दिन रात लगन से शिद्दत से लेकिन अचानक मटरू की ज़िंदगी में एक तूफान आता है उसके पिता गुजर जाते हैं इसके बाद मटरू पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है छोटे भाई और माँ की ज़िम्मेदारी अब मटरू के सर पर आ जाती है एक कॉस्मेटिक की दुकान होती है जिसे अब मटरू को ही चलाना होता है इन जिम्मेदारियों को भी अब बखूबी संभाल लेता है वो तो शहर जाता सामान लाता और अपनी दुकान को चलाता लेकिन इस बीच मटरू ने सपना देखना नहीं छोड़ा था उसे जब मौका मिलता जब भी समय मिलता वो अपनी पढ़ाई में लग जाता क्योंकि उसे यकीन था एक दिन उसे मौका ज़रूर मिलेगा और जब भी मिलेगा वो उसे कब नहीं एक दिन मटरू अपनी दुकान में बैठा होता रो रहा होता है तभी उसके दुकान के सामने से एक बूढ़ा इंसान जा रहा होता है जिसका बैग गिर जाता है बैग में पैसे भरे होते हैं और जब से वो पैसा ज़मीन पर गिर जाता है वो तुरंत उसे उठाने लगता है उठाकर वो मटरू के पास आता है और वो उससे कहता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की मटरू इस बात का जवाब देता है कि अगर उसने आपकी मदद की होती तो शायद अगर कोई भी पैसा इधर उधर होता तो आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की ये बात सुनकर वो बूढ़ा इंसान काफ़ी प्रभावित होता है और वो मटरू से कहता है कि तुम्हें पता है इस गांव में आने से पहले मैं बहुत परेशान था कि मैं इतने पैसों के साथ कैसे जाऊँ लेकिन अब मुझे यकीन विश्वास हो गया कि हर जगह बुरे इंसान के साथ अच्छे इंसान भी ज़रूर होते हैं इसके बाद उसकी मटरों से अच्छी याद ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था अचानक फिर से यही इंसान मटरू की दुकान पर आता है आज ये बहुत मुसीबत में होता है लेकिन इस समय रात के 12 बज रहे होते हैं मटरू के पास आता है वो मटरू से कहता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द है इससे कोई भी हॉस्पिटल खुला नहीं है तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ तभी मटरू उसे अपने घर ले जाता है मटरू की माँ अषाधी से अच्छा इलाज कर लेती है मटरू की माँ ने उस इंसान का अषाधी से इलाज कर दिया और उसके पेट दर्द ठीक हो गया जैसे उसका पेट दर्द ठीक हो गया उसने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया लेकिन तभी उसकी नज़र मटरू की बुकों पर गई मटरू के बुक देखने के बाद उसने मटरू की मां से पूछा कि ये बुक कौन पढ़ता है मटरू की मां ने कहा कि मटरू को मैनेजर बनने का बड़ा शौक है इसलिए वो ये बुक पढ़ता है जब भी उसे समय मिलता है वो इंसान शौक हो गया छोटी से दुकान चलाने वाले इंसान की इतनी बड़ी सोच इसके बाद वो मटरू की सारी चीज़ें जानकर समझ कर उसे मटरू को अपने साथ शहर ले जाने की इज्जत करता है माँ नहीं मानती है लेकिन ज़बरदस्त कहने पर वो मटरू को दो दिन के लिए शहर जाने की इजात आखिरकार दे ही देती है मटरू इस तरह पहुँच जाता है शहर में यहाँ पर ये इंसान उसे अपनी कंपनी में लेकर जाता है सारी चीज़ें समझाता है और फिर कुछ लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देता है ये लोग मटरू से कुछ सवाल जवाब करते हैं मटरू उन सारे सवालों का बखूबी जवाब देता है लेकिन मटरू को समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है ये इस कंपनी में ला ये क्या कर रहा है इसके बाद वो तो इंसान मटरू को बताता है ये आपका एक छोटा सा इंटरव्यू था जब मैंने आपके बारे में जाना कि आपकी इतनी बड़ी सोच है और आप एक दुकान भी चलाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपको ये ऑफर दूँ असल में मुझे भी एक मैनेजर की ज़रूरत थी लेकिन मैं परेशान था कि मुझे एक ईमानदार मैनेजर कैसे मिलेगा आपके जरिए मेरी ये चिंता दूर हो गई या आप मेरी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करेंगे ये बात सुनने के बाद मैं के होश उड़ हो गए जो सपना उसने बचपन से देखा था वो इस तरह पूरा होगा उसे यकीन ही नहीं था और आखिरकार उसका सपना सच हो गया और वो कंपनी का मैनेजर बन गया ये सब कुछ मुमकिन हुआ मट्रू के सपने देखने की शिद्दत से सही कहा है किसी ने शिद्दत से सपना देखें तो जरूर लेकिन उसमें लगन और मेहनत और कोशिश को भी कामयाबी के साथ पूरा करने की कोशिश करें जुनून रखें उसे पूरा करने की तो वो जरूर पूरे होते हैं वो तो कहते हैं ना कि आज कमज़ोर है तो क्या कल तो पीरा ही है इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा तब तक लिए धन्यवाद शुक्रिया लव यू बाय